अपर मुख्य सचिव जे एन कंसोटिया ने सारिका के गीतों का एल्बम जारी किया है जे एन कंसोटिया ने बताया कि इन गीतों के माध्यम से रुचिकर तरीके से पैसा एक्ट को समझने में मदद मिलेगी वन विभाग मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव जे एन कंसोटिया ने पैसा एक्ट की जागरूकता के लिए विज्ञान प्रसारक सारिका द्वारा तैयार वीडियो गीत के विमोचन के अवसर आरोप कहा की पैसा एक्ट कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जनजाति वर्ग के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता मिलेगी ये जनजाति हित में लागू किया गया ऐतिहासिक कानून है गीतों के माध्यम से आम लोगों को रुचिकर तरीके से पैसा एक समझने में मदद मिलेगी वहीं सारिका ने कहा कि जनजाति वर्ग के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम सभा के अधिकारों को बढ़ा दिया है जनजाति गौरव के संरक्षण एवं संवर्धन के अधिकार अब ग्राम सभा को मिल गए हैं गाँव की जमीन और वन क्षेत्र के नक्शे पटवारी और बीट गार्ड ग्राम सभा में उपलब्ध कराएंगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस वीडियो एल्बम के गीतों में श्रमिक के बड़े अधिकार जल अधिकार जनजाति गौरव संरक्षण के अधिकार सहित जनजाति वर्ग को मिले नए अधिकारों को रुचिकर तरीके से शामिल किया गया है इन्हें प्रदेश में विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं